दोस्तों तो क्या आपको पता है मुकेश अंबानी एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं और तो और वो कभी भी अल्कोहल ड्रिंक नहीं करते हैं फैक्ट नंबर मुकेश अंबानी को मूवीज देखना बहुत पसंद है इनफैक्ट इतने बिजी होने के बाद भी वो हर हफ्ते तीन मूवीज देखते ही है उनके बिल्डिंग एंटीलिया में उनके खुद का एक थिएटर है जिसमे की फिफ्टी लोगों के बैठने की ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन को जरूर दबाए थैंक यू